तो टाइम इंटेलिजेंट फॉर्मूलान करते हैं पावर बी आई दैट फंक्शन हमने डेट एंड टाइम फॉर्मूला एक था तो में की में कुछ ये जो फॉर्मुले आप देख रहे हैं इसमें से मोस्टली फॉर्मुले आपके एक्सएल में नहीं था राइट तो इसमें जैसे कि आता है ग्लोबल बैलेंस मंथ ग्लोबल बैलेंस क्वार्टर ग्लोबल बैलेंस इन तीन फॉर्मूले फॉर्मूले फॉर्मूले हैं, तीनों सेम ही है। बस मंथ, क्वार्टर, ईयर शो करता है। तो है, तो एक क्या चलिए मैं एक्सप्लेन यहां पर आपको एक्सप्लेन देना है देना और देना। expression expression आपको जो करना है। अब फिल्टर देना है फिल्टर को तो दो ये फॉर्मूला जो ग्लोबल है ये फॉर्मूला नॉर्मल नहीं है एक लगता है किसके साथ एक तो उसके बाद हमने बीच में डेट एंड टाइम देख दिया हुआ हम तो लोग बोलते हैं डैक्स क्यूरी फॉर्मूला जब डैक्स क्यूरी आपको पढ़ाऊंगा इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करूंगा राइट तो, तो इतना बीआई में में में एक्सेल लगाते से ये आपका आपका मंथ के के के लिए लिए लिए होता आपका के लिए होता है है या या हैं क्वार्टर अब बात करते डेट डेट हमने लास्ट बताया था किसी में, किसी तो शुरू से ही पढ़ा जो सब से वो ही दो ना सर सबसे पहला ये आपको आपको बताया आया तो, है, में X है। X नहीं, फार्मुला, फार्मुला तो नहीं है है इसके लिए और समझना होगा इसलिए मैंने इसको भी भी भी किया हुआ अकेले पढ़ने की चीज नहीं है ना सर कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो की कि किसी और फॉर्मुले के साथ कनेक्टेड है तो फॉर्मुला जब मैं वो फॉर्मुला पढ़ाऊंगा तो इसको भी दूंगा ठीक है, ओके, ओके तो दिकाराटर तो फॉर्मूलान करने पड़ेंगे तो आगे एक कैटेगरी में एक एक कैटेगरी से बस रहे डेट एड फॉर्मूला से तो डेट एड फॉर्मूला क्या करना है डेट एड फॉर्मूला डेट में कुछ पीरियड एड करना चाहती हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में मैन्युअली ऐड करना डेट फॉर्मूला है, जी जी। है जो कि एक डेट में कुछ पीरियड ऐड करना चाहती जैसे कि यहाँ देखिए कि मुझे इस डेट में एक साल घटाना है ठीक है लिखा सर जी जी, जी देख अब पे घटाना है इसे माइनस कर दिया जोड़ना है तो प्लस जगह पर देखिए मंथ एंड डे मतलब की इंटरवल में इस फॉर्मूले का तीन साइंटेक्स है पहला आपका आता है डेट्स डेटता है नंबर ऑफ इंटरवल और यहां पर आता है इंटरवल मतलब कि डेट कितना दिन जोड़ना घटाना है और क्या जोड़ना घटाना किस क्या जोड़ना मैं कितना जोड़ना घटाना है जो, क्या जोड़ना है मतलब कि जोड़ना है याड hmm. या या hmm. okay. के बाद आता, आता, आता है फॉर्मूला डेट बिटवीन डेट बिटवीन आपको पता ही चल रहा है की दो डेट के बीच की बिटवीन की बात हो रही है ना तो यहाँ पे स्टार्ट डेट और यहाँ पे डेट स्टार्ट डेट एंड मतलब यहाँ पे आप पहला जो आपका कॉलम सिलेक्ट करना है डेट का कॉलम सिलेक्ट करना है राइट और फिर यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट सिलेक्ट कर लेंगे तो इस दो डेट के आपने डाला है, इसके बीच का जो डेट है वो तो आपको उस कॉलम से निकाल के दे देगा समझे ओके सर दिएगा तो डेट बिटवी अब यहाँ पे आता है डेट इन पीरियडी डेट वाले फिर, फिर स्टार्ट डेट डालना है फिर नंबर ऑफ इंटरवल डालना है फिर इंटरवल डालना है कॉलम डाल दिया डेट राइट फिर हमने बेटा है सर हेलो आ आ रही रही कट कट के हाँ आप सही तो यहाँ पे जो आपका कि डेट इन पीरियड क्या होता है कि जो कॉलम में आप जो है आपका और, और आप जो डालें जो डालेंगे डालेंगे ना उस का आपको निकाल के देगा और याद रखिएगा ये आपका कैलकुलेट फॉर्मूले के साथ चलता है तो यहाँ पे हमने डेट डाला स्टार्ट डेट और नंबर ऑफ इंटरवल और यहाँ पे इंटरवल तो हमने यहाँ पे डेट का कॉलम सिलेक्ट करेंगे पहले फिर स्टार्ट डेट उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे क्या पीरियड है और इसमें से डालेंगे क्या इसमें क्वार्टर मंथ क्या करना है उस पीरियड की जितनी भी डेट है वो डेट आपको रिटर्न करेगी लेकिन किस में? टेबल में जो फार्मुला, दोनों फार्मूला बताया मैंने आपको डेट बिटवीन अ डेट पीरियड दोनों, दोनों किस में दोनों चले गए किसमें टेबल न्यू टेबल्स पे ठीक है कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पे बुला रखा है कैलकुलेट फॉर्मूला तो यहाँ पे देख रहे आपको तो इस तरह की इसको आ, इसको हम हम बोलते बोलते हैं क्यूरी क्यूरी समझे लोग लगा रखा है कैलकुलेट करो माइनस मैक्सिमम डेट निकाला पहले से तो मतलब कैलकुलेट मतलब दे, के अंदर चलेगा ये जी जी जी भी चलता है बट कैलकुलेट के अंदर इसका रियल यूज है ठीक है और यहां पे आता है डेट एम टी डी मंथ टे क्वाइटी क्वार्टर टिल डेट वाई टी टिल डेट समझे मतलब कि यहां पे आपको डेट देना है कॉलम का डेट सिलेक्ट करके देना है जो कॉलम है ना वो सिलेक्ट करे करेंगे, करेंगे तो जो करेंट मंथ चल रहा होगा और जिसे आज का है आज 10 तारीख है 8 तारीख है ना सर तो एक अक्टूबर से आठ अक्टूबर तक का डेटा आपको दे, दे। राइट? और यहां पर क्वाईटीडी तो ये क्वार्टर जो चलता है तो क्वार्टर का एंड देगा और इस क्वाईटीडी मतलब 1 जनवरी से लेकर अभी तक का दे देगा एंड ऑफ मंथ कोई भी डेट डालेंगे इसलिए एक्सेल एक्सल फॉर्मूला है ना ये मंथ हाँ, वही है एंड ऑफ क्वार्टर एंड ऑफ ईयर ठीक है एंड ऑफ मंथ क्या करेगा मंथ का लास्ट डेट एंड ऑफ क्वार्टर क्वार्टर का लास्ट डेट और एंड ऑफ ईयर ईयर का लास्ट डेट अब बात आता है फर्स्ट डेट फर्स्ट डेट इसके अंदर आप डेट का कॉलम सिलेक्ट करेंगे ना उस कॉलम में से आपको पहला दिन खोज के दे देगा पहला दिन फर्स्ट डेट या फर्स्ट नॉन ब्लैंक फर्स्ट नॉन ब्लैंक ऐसा कॉलम जिसमें पहला नॉन ब्लैंक कौन सा है जैसे आपके पास डेटा है मान लीजिए कि यहां पे इस तरह का डेटा है इस तरह से तो फर्स्ट नॉन ब्लैंक इसको वाले आ, इसको स्किप कर देगा देगा देगा और और लास्ट लास्ट लास्ट लास्ट लास्ट डेट डेट डेट डेट है ऐसे आपका कि आप जो कॉलम करते हैं उसका ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक नॉन मतलब कि आपके पास अगर डेटा है तो उसमें ए कॉलम किया जी कॉलम बाईस को देगा ठीक है? है और अगली दिन रिटर्न करेगा ठीक है ओके अब नेक्स्ट डे ऐसा नहीं है कि आप आठ तारीख तो तारीख शो करेगा समझे ये देखिए आप कैलकुलेटर के साथ चलता है तो जो डेट देते हैं उसमें नेक्स्ट डे शो करता है या आपको यहाँ पे दिया हुआ है पे Uh, hmm. hmm. hmm. नेक्स्ट डेट तो फर्स्ट करेंगे यहां दिखाए ना फॉर्स्ट डे फर्स्ट डे के नेक्स्ट डे निकालेगा जैसे एक जनवरी हुआ तो दो जनवरी देगा और नेक्स्ट मंथ मतलब की नेक्स्ट महीना देगा और नेक्ष कौर्टर, नेक्ष कौर्टर देगा, ये भी आपको फर्स्ट मंथ के बेस्ट है नेक्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर देगा भी आपको फर्स्ट फर्स्ट के है है की आप नेक्स्ट देगा ठीक है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था ना आपका, आपका ओपनिंग बैलेंस है मंथ ईयर क्वार्टर का पैरेलल पर... ये फॉर्मूला नया है मैंने यूज कभी तो किया नहीं है मैं झूठ नहीं बोलूंगा डेट दैट डेट डेट डेट अकॉर्डिंग ही चल रहा है है कि पैरेलल ऐसे पीरियडिंग लग रहा है उसको मैं एक बार रिसर्च करके बताऊंगा तो तो तो आपसे कोई तो बात नहीं प्रीवियस डे नेक्स्ट डे जो उल्टा प्रीवियस डे है हमारा प्रीवियस मंथ प्रीवियस क्वार्टर प्रीवियस ईयर अब ये सब फॉर्मूले दैट स्टोरी पे डिपेंड है समझ रहे हैं सर अच्छा इंटरव्यूज वगैरह में यही पूछे जाते होंगे हां हो सकता है जैसे स्टार्ट ऑफ मंथ हमने डाला हमने डेट डाला तो उसका स्टार्ट ऑफ मंथ शो करेगा कि इस महीना में स्टार्ट हुआ है तो आपने इंटरव्यू दिया नहीं है भी? बाबा भी आई की सर मैं आपनेटरव्यू के बहुत सारे आपको प्रोवाइड सर अब टोटल टोटल टी डी टोटल एल है एक काम कीजिए सर इसको आप अपने ट्राई कीजिए ठीक